तो आप लोग आ गए यार वाह नहीं चला सो so, तो पहले इंटरव्यू करो सभी और आप लोगों का स्वाद भी मिले वीडियो में और मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था जी डी का डाल भी नहीं रहा पता है जी डेफा की मुझे पूरी स्टोरी लिखनी पड़ती है और वो चीज़ सबसे बेकार चीज़ होती है अगर मेरे कोई आइडिया है तो आप लोग बता सकते कमेंट अब को क्या करना चाहिए आप लोग बताओ यार प्लीज सजेस्ट करो और तो सोचा मैं डायमंड कार्ड मंगा गया तो मैंने इससे पहले में मेरे भाइयों के साथ बनाई थी वीडियो एक तो खैर मैं मर गया सका था मैं लाइव ट्रिपा उठता तो उस वक्त अमरे पे केट तो पर मेरे आईडी को भी ढूंढ सकते हो मैं लाइव आया था तो उसमें मैं मरा तो पर मेरे यहाँ मर यहीं पर चिंता उठकर फिर मैं लावा में गिरा था, तो मैंने अपना इंटेंटेड गोल्डन एप्पल खाली होता एप्पल जिससे हम लोग फायर एक्सपोर्ट मिल जाएगा यारेंथ बढ़ जाती है और क्या मिल जाता है स्पीड मिल जाती है और फायर से बचने की तकलीफ मिल जाती है हाँ मिल जाती है मुझे डायमंड देख सकता हूँ यार मैं चेंज कुछ भी नहीं कर सकता बिकॉज आई एम्बर ऑपरेटर मैन क्या करूं एक बार आप पहले कैमरा चेंज करते हैं इससे बार बार जा रहा हो आप ठीक है भाई मैं बार बार जा रहा हूँ जल्दी करूँ इस वीडियो को स्टार्ट रात हो रही है और अभी फर्ट गया और चलो भाई अभी चलते हैं तो भाई आपको मैं माइनिंग पर जाना रहा डायमंड के लिए अब तो मैंने अपना ये रखा इधर ही है तो और ये आरान का है वन तो ये मेरे इसमें रखा रहा अभी ये मेरा है अरहान वार्ड मेरा भाई छोटा कि उसका है और मैं अपना मेरे स्वॉर्ड ले लेता हूँ मिल गई जाने का मेरे यार ले लेता हूँ और अब सोच रहा हूँ शेडल कहा से मिली रेड हुई थी भाई साहब रेड रेड हुई मुझे बैड ओमन मिल गया और मैं गया तो मुझे एक रेड हो गई अब मैं क्या करते सारे सारे, सारे मर गए पता है आप मेरे पास सब आ नहीं रहती पता नहीं क्यों आप लोग को आ रही होगी हो। तो आप हरी मैं वो हको क्या होता भाई मतलब मेरे विलेजर्स तो मर ही चुके थे क्योंकि भाई मैंने अपना आयरन फार्म के लिए वो तो कम्लीट कर रहे थे जैसे तो बाद में उनका हत्या किसने कर लिया नाम है जम्बी से और लम्बी ने पता क्या किया उन दोनों माडलों को वो भी मत बनाया उनको भी नहीं बनाया पानी में जा में जा पानी में जागोटा जा और इसी तरह का मैं ये पूरा खत्म हो तो होगी विलेज प्लस उसके साथ वो बस एक विलेज था इसलिए वहाँ पर रेड कर सकता था मैं बट वहाँ पर कोई विलेज रहता नहीं था चले चलोगे मैं वेलीगर को स्पोन करने के लिए घास ले ले की लेके आना होगा जो बहुत जल्दी लेके भी आऊँगा उससे पहले माइनिंग थोड़ा कर लेते हैं तो अच्छा वाला खाना यार आगे मेरे पोर्क चॉप चौप हाँ बहुत सर मैंने में अरे फोट चेंज किया था हाँ जो यार चेंज कर दिया था मैंने अरे भैया तो मैंने तो बहुत सारी चीज़ें करने अभी तो अच्छा शेख बल वो अपना ग्लोड बनाते थोड़े अरे यार्लॉक्स में रखते हूँ तू कैसे कमाओ मेरे भाई लोग भी सोच रहे भाई मैं बहुत दिन से माइंड क्राफ्ट खेल रहा हूँ वो भी अकेले भाई मेरे भाई लोग आ नहीं रहे मैंने सोचा भाई अब वो लोग जाने दो तो मैं अपने सीधा माइंडिंग वगैरह कर दो नदर में गया था ये वाला में नहीं मैं एक खाया मैं सिर्फ एक खाया था लाइव स्ट्रीम में फिर उसके बाद मैंने उधर खाते मैंने उधर खाया और फिर मैंने बहुत सारा और सामाइन किया फिर उखे साथ मैं उधर उखा रेड वाला भी मैंने ढूंढ लिया था बट रेड वाले मुझे बहुत कम मिले शेड लाइफ मतलब भाई रेड अलर्ट में इतना दूर गया था ना पूछो मत भाई मैं रेड ब्लॉक के लिए ना बस थाउजेंड ब्लॉक दूर जाना पड़ता है और ब्लॉक रेड ब्लॉक के लिए नेदर का ब्लू वाला तो इधर मिल गया मेरे को ब्लू तो वाला तो इधर मिल गया है बट ये क्रिमसन वाला कसम से क्रिम्सन वाले ने वाट लगा भाई सब मैं नहीं कोशिश कर रहा था हाँ मेहनत मेहनत करने करने के आगे आगे आगे तो करने के बाद बाद जाके जाके भाई भाई आप लोग आ रही होगी आई सॉरी इतनी मुझे जगह मिला मैंने लगाया नहीं अबे यार भाग इतने सारे मसलेज कहे आते हैं WhatsApp तो पे दो भाई मेरे दो स्कूल के जगह मैसेज आ रहे सर लेकिन वो भी सबसे बेकार है सर डिस्प्ले वाई को डाल देगा हम क्या करेंगे हम्म, बढ़िया आवाज़ हाँ तो हरी बड़ी मुश्किल से उसे लेके कर आए और भाई बस में उतना लेके आ पाया और मेरे पास मेरी सिल्क टच है इस इसलिए मैं पहले घर आया मैंने ये मैंने पूरी बरानी बनाई कि मेरी गायब हो गई थी और मैंने का नाम बार रखा है सिल्क भाई यह सिल्क टच है ना इसलिए मगर मैंने अपना डायमंड छोड़ दो वही रखी हुई है इसका नाम मैंने देखा डायमंड डबल क्योंकि भाई क्यों भाई हम लोग जब भी जाएंगे कोई चीज़ ढूंढने तो भाई मैं तो जा रहा हूँ भाई डायमंड की माइनिंग के लिए इसके बाद मैं अपना डायमंड डबल लगता हूँ भाई डायमंड डबल हो जाते हैं ना भाई ट्रिपल हो जाता है फिर मैंने सोया डबल ही रखता हूँ कि डी ज़्यादा सही रहेगा ज़्यादा सही नहीं रहेगा भाई इसका नाम सिलकर रखा इस नाम का स्पीड डिगेंग और मेरी एड्स की जगह उसका नाम मैंने रखा इन्फिनी और इसका फास्ट कटर ऑलवेज लोएटी और ये एक ट्राइडेंट है और भाई मैंने यहाँ भी मैंने भाई मैंने आपे भी दो भाई मैंने दो ड्राउंड को मारे जो दोनों के पास था हाँ क्या बोलते हैं ट्राइडेंट और जो जानते नहीं जावा में बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ट्राइडेंट ढूंढना बट पॉकेट एडिशन एंड बेडरॉक में बहुत आसान होता है मतलब सिर्फ लूटिंग थ्री लो और भाई और भाई भाई कुछ आप जो पाँच छः पाँच छः को मारोगे जिनके पास ट्राइडेंट है मुझे से मिल जाएगा भाई मेरा लग इतना अच्छा है मुझे दो मिल गए थे फिर अभी फिर एक मेरा बात में एक साथ फिर एक मिल गया था फिर दो मिल गए फिर से और मैंने उसमें एक रिप्टर बना और जो एक जो एक जो मुझे मिला था ना इसलिए मैं बात कर रहा हूँ मेरे बल दो मिला फिर एक मिला उसको तो मैंने आरान भी दे दिया था लोएटी बना के मैं लोएटी बनाया था और ये रिप्टाइड है और इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया आरान वाटर क्योंकि आरान उसको वाटर में यूज़ कर सकते हैं और मैं भी और इधर अब मैं याली केवे में जा रहा हूँ और कोई टॉर्च वॉर्च ले लिया जाए लोएटी ये लोएटी है ना ये काम नहीं आएगी ये काम आएगी और कुछ लाओ बकेट्स काम आएगी और ये पूरा पूरा भाज दिया मैंने ये तो सब फिर को घूमता हूँ जाने के लिए जो आते नहीं हम लोग बहुत बड़ी केव है जहाँ पे भाई मुझे डायमंड मिला मेरे भाइयों के साथ इसलिए यहाँ पे आता हूँ और पहले पूरी केव देखते हैं कहाँ कहाँ पे हम लोग गए कहाँ कहाँ पे नहीं यहाँ पे यहाँ पे गए हैं वहाँ है। वहाँ पे भी गया यहाँ पर कुछ और जगह ढूंढनी होगी कहता भाई मैं यहाँ पे जब गया था मुझे ढेर सारा आयरन मिला दिखाता हूँ और भाई मैं सोच रहा भाई आयरन फार्म बनाने से पहले हम लोग को आयरन की जो कमी हो रही थी हम लोग नहीं यार जगह हम पहले क्यों नहीं ढूँढ दें देख रहे भाई आयरन तो इधर दबा दबा के भरा हुआ देखो देख रहे हो नहीं मैं को क्या बोलूँ भाई वो भी कस्टम्स है भाई में मेम्बर तो मैं क्रिएटिव में भी नहीं जा सकता और भाई ये समझ रहे हो समझ रहे हो भाई सब भाई मैं जब आया इधर तो भाई इत पैसा तो भाई वीडियो में कलेक्ट हूं क्योंकि अपने वहाँ पहले से आयरन फार्म है जो हम लोगों को पूरा मेल्ट आयरन देता है जो हम लोगों को हम लोगों कोल भी वेस्ट नहीं होता पर वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि उससे मेरे भाई लोगों को पता चलेगा हाँ भाई देखो भाई यहाँ पे हम लोग पहले आना आयरन फार्म बनाने से पहले तो मेरे और तेरे पास पहले आयरन के एक आर्म हो जाता था तो भाई तो भाई, तो भाई, तो भाई फिर थोड़ा टाइम लगता है आयरन फार्म बनाने में एंड टाइम मैं लेता और बनाता बाद में क्या करूँ भाई ऐसी ऐसी इतनी खडे नसीब मिल गई अपनी फोर्टी थर्टी टू बट सबसे अच्छी वक्त परवा को हम लोग हल्क बहुत अच्छा भी है बिकॉज़ यहाँ पर हमको इतनी बड़ी कैब मिली सिर्फ मेरे वजह से बिकॉज क्या मैं गया इतनी बड़ी कैब तो यहाँ पर डायमंड ज़रूर मिलेंगे और जो हमारे तो खटर है सर तो पहले ये खा लेता हूँ इससे मेरे जल्दी बहुत जल्दी हाथ बढ़ जाते हैं तो रहा तो ले क्यों खा हैं? है है इतना गंदा मारते, मारते। किसी ने सोचा भी नहीं होगा भाई इतना गंदा कोई मार सकते है बस बन हो गए वो लोग भाई वो लोग इतना गंदा मारते भाई पर भाई भाई भाई, भाई आल के भाई भले ही इतना बहुत ज़्यादा रेक्स है पर यहाँ पे एक चीज़ है बताए क्या वो ये है भाई भाई भाई भाई भाई भाई आल के बहुत ज़्यादा लूट है और जो हम लोग को जो चाहिए वही चीज़ मिल भी जाती है यहाँ पे इसलिए बेटा तुम लोग आराम से आराम से मरो चिंता मत करो चिंता मत करो चिंता मत करो बेटा चिंता मत करो बेटा मैं इधर इधर ही हूँ चिंता मत करो तुम चिंता मत करो यार तो चिंता का है तो बस ये दो बच्चे हैं, ये दो को मारो और आराम से कुछ एक टैक है चलो तो ठीक है ल्यूटिंग पर फिर वो नहीं मिला और भाई कसम से ये के हम लोग सबसे लकेट केव है और ये हम लोग की सबसे बड़ी केवे है इस वर्ल्ड में और एक मिनट क्या यहाँ पे कोई केव है एक बड़ा एक मिनट मैं देखो से काटूंगा देख लेते कौन कौन है भाई सब एक। चलो फिर थोड़ी जाके देखते हूँ कुछ तो अब दिखा रहा यार। है यार वो है क्या ना ना आ लावा। ओ भाई, भाई, भाई, भाई, भाई साहब क्या है ये डायमंड सारे डायमंड गोल्ड भाई इतना सारा गोल्ड है इतना डायमंड है भाई जगह अपने ढूंढने भाई साहब क्या जगह है यार ये भाई पे आयरन भी देखो ढेर देख सारा पहला आयरन ले लेता हूँ कि लूटिंग थ्री है और डबल करते हैं उससे पहले कितने सारे हैं इस लावा का बंद करना होगा बंद कर दिया तो लावा अपने डायमंड को जला सकते हैं पहले ले लेते हैं मजर से पहले डायमंड माइंड किया हुआ नहीं माइंड किया हुआ है नहीं इस, इस केव का भाई कसम से भाई भाई का सब सबसे बड़ा डायमंड वो दूसरा सबसे बड़ा इसलिए वो दूसरा डायमंड भाई भाई कितने सारे यार। वो भाई चार चार गोल्ड डायमंड इतने सारे है पागल हो दो डायमंड गिनते-गिनते इससे पहले टॉर्च गते बस तो यार। ओ भाई साहब। साहब। कितने ब्लॉक ब्लॉक तक है? के भाई मैं भाई मैं आपको डायमंड रह जाऊंगा कितना डायमंड है? चीज़ वही अभी मिल गई अपने को भाई इतना सारा डायमंड और कैसे यार मतलब इतना सारा डायमंड भाई लगता है माइनक्राफ्ट में मेहरबान है तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ आने का नहीं मेरे पास हाँ फट फट फट, फट था था था था था था। तुम लोग जितना फटना जितना जितना है फटो यार तुम लोग। पहले मुझे मैं पूरा यारायमंड कलेक्ट करने दो यार भाई एक स्टैक होने वाला है एक हो एक हो गया भाई भाई कसम से। चेक करो भाई मेरा माइक ऑन है ना ऑन तो है कस्टम से भाई एक स्टैक लैपिस भी ले लेते हो भाई सब लैप लजोली अपनी फसोली भाई गोल्ड इतना सारा सर यहाँ आयरन इतना सारा तो भाई यहाँ पे गोल्ड है तो देखो भाई वहाँ पे ऊपर एक गोल्ड है और वहाँ पे एक है देखो भाई यहाँ पे एक आयरन है और और यहाँ पे दो थे दिन का मैं थोड़ा भाई साहब यहाँ पे मैं आऊँगा मेरे भाइयों के साथ सोलह मिनट की वीडियो भी हो गई है और कहाँ आया था मैं हाँ या भाई इतना सारा आयरन भाई गोल्ड इतना सारा आयरन भाई मैं सोचा मैं अपने गोल्ड फार्म बनाने वाला हूँ देख रहा भाई साहब भाई कैफ कितनी बड़ी है भाई कैफ कितनी लकीर से अपने लिए है भाई साहब इतना टाइम मिला सिर्फ एक श्रैक मिला बट वही एक बहुत ज़्यादा होता है चच्ची भर जाओ रात भी हुई ना फिर भी मेरे को कोई डर नहीं है कि देखो डायमंड का आर्मर तो है ही पहली बात दूसरा सर गोल्डन एप्पल भी है दूसरा डायमंड भी है दिन हो नही लगता ना रात हो रही है लगता उलूले उल उले मेरे भाई को फंकता है और मेरे भाई को लगता है मैं क्या बोलते हैं भाई मैं गेम खेलता हूँ पर भैया पगल छाल करके भाई मेरी नसीब देखो कसम मैं अब मेरे भाई लोग के साथ जाऊंगा ना कसम बहुत सारे डायमंड मिलेंगे भाई कसम से बोल रहा हूँ बहुत सारे मिलेंगे डायमंड आगे जाके तो भाई पर अब मैं पूरा माइनिंग करना चाहता भाई भाई मैंने जितने डायमंड देखे डायमंड ले लिया बिकॉज भाई डायमंड इज लव बरदर डायमंड इज़ लव समझे ना भाई भाई डायमंड समझा बहुत कीमती है भाई डायमंड बनाई लूंगा आज तो अपन भाई अपने आज खुदा मेहरबान है तभी तो बात बन गई है कौन मार बहन जो बहन जो भाग। भागो भागो भाग भाग लेके लेके सबसे पहले लेके लेके भाग भाग तो ले गया तो मैं कुछ जाऊ क्या मुझे जा देखता हूँ सो जाते एकदम है भाई मजा तो आ गया आज भाई तो एक डायमंड समझ रहे हो अबे साले आ बे आ साले मेरे को मारेगा मेरे को मारेगा भाई पंद्रह एक्सपी हो गई मेरी खयाली में भी, भी खयाल डायमंड का आए ए ए, ए ए आज अपना सपना पूरा हो गया इतने सारे डायमंड से ओ ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ भाई हम लोग की यारी कैब बहुत ज्यादा लकी है कसम से भाई इतनी के मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी यार कभी भी नहीं सोच सकते भाई भाई कितनी जुकाम भी है यार एक मेरा हाँ तो यही बोल रहा था भाई साहब आज का दिन सबसे सही था आज मैं जैद कान गया सही नाम क्या को लेना और जी एंड गेम। आप लोगों को बताता है आज अरे सोच रहा रहे भाई देखने पर देखो हल्का हल्का आस पार है टेक्सर लेने में समझ नहीं आता भाई साहब देखते हैं भाई इसका कितना ब्लॉग बनेगा उठा के भाई सब सात ब्लॉक बनेगा डायमंड के और एक डायमंड छुटेगा भाई एक स्टैक शेख डायमंडरा सर चक्कर आ रहा है कसम से बोल रहा हो भाई अपना पूरे एक शैक पूरे फैला डाली कसम फैला रहा हूँ कि बताना है अपने भाइयों को भी ये देखो यार इतने इतने सारे डायमंड एक हो पाते भाई साहब जो मजा आ है ना। मैं वो क्या बताऊँ यार देख रहा भाई पूरा चैट भर दिया फिर भी रहा। फिर भी ग्यारह डायमंड बचे रहे फिर भी दस डायमंड बचे रहे भाई साहब और भी हम लोग एकवेरियम का भी काम चालू करने नेक्स वाले नेक्स्ट पार्ट में एक्वेरियम चालू होने वाले है यानी हम लोग बनाने वाले एकवेरियम भाई आप बहुत जल्दी सब्सक्राइब हो जाए जिससे हम 50 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाओ फिर हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे यूट्यूब पे ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि भाई ऑमलेट पर ऐसा होता नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ मैं और आज के लिए बस इतना ही आशीर् होता हूँ बहुत अच्छी लगी वीडियो तब तक के लिए एक मिनट तो एक मिनट पहले आउटरो तो करूँ पूरे अच्छे से एक मिनट पहले उससे पहले देख ही लो तो गेम हाँ देख लो देख लो हाँ मैं आप लोग बता तो इसको कैसे करना है और फ्रेंड्स जाने का है है तो खान आज गेमिंग आज यानी गेमिंग 64 डायमंड पूरा करके आया है। वो भी फॉर्च्यून थ्री से यार भी सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब सच में कर वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आज बहुत सही सही वीडियो आने वाले भी आ गए और जीटे वगैरह वाली है तो रेडी करना तो करो यारोगे कर हाँ भाई भाई तो कर यार भाई एक छोटी चीज तो मांग रहे सब्क्राइब बटन सब्सक्राइब कर दो और बिल नोटिफिकेशन की बटन को ऑल कर दो बस और ये मेरे आप लोग देख सकते हो जैसा आप सारा चीज चेंड करता दो बस आज कल बस इतना ही आज सको तो बहुत अच्छी लगी वीडियो तब तक के लिए बाय बाय सी यू लेटर अच्छा पहले सबक्राइब करके जाओ हाँ वीडियो लाइक भी करना हाँ चलो बाय